दोस्तों आपने लोगों को माथे व गले पर टीका लगाते हुए तो देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं की तिलक का माथे पर और गले पर लगाने से क्या होता है तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार माथे पर तिलक लगाने से माथे की एकाग्र शक्ति बढ़ती है और गले पर तिलक लगाने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है जो की काफी अमेजिंग है